आज हम बात करने वाले हैं शी हल के थर्ड एपिसोड की देखते-देखते so वीडियो को लाइक जरूर करते दे जाइएगा लास्ट एपोमिनेशन की एक रिलीज फुटेज जिसमें वो एक रिंग में फाइट कर रहा है इसे देखने के बाद जेन एमिल से मिलने जेल आती है अपनी जेन को अब डीओडीसी के सिक्योरिटी गार्ड भी पहचान चुके हैं और वो अभी जेल में एमिल ऐसी ये पूछने आई है की उसने जेल ऐसी भागने वाली बात ऐसी क्यूँ नहीं बताई और तो और उसने ये भी नहीं बताया की एपोमिनेशन के रूप में लड़ते हुए उसका वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ था एमिल बताता है की वो यहाँ ऐसी खुद नहीं भागा था से यहाँ से जादूगर सॉर्ट ऑफ सुप्रीम वॉकडे जबरन यहाँ से भगाया था पर एम खुद की मर्जी से वापस जेल में अपनी सजा काटने आया था क्योंकि वो सुधर चुका है चेन ये बात अपने दोस्त निकी को बताती है और निकी ने वॉन्ग के फेसबुक अकाउंट को ढूंढकर उसे मैसेज कर दिया है यही चेन फोर्थ वॉल तोड़ हमें बता रही थी की ये ऐसा शो नहीं है जिसके हर एपिसोड में आपको कैमियो देखने को मिले पर तभी उसे ये रिलाईज होता है की उसके शो में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा है क्यूँकी फर्स्ट एपिसोड में हमने हरे भाई हल को देखा और दूसरे में एबोमिनेशन और तीसरे में वॉन्ग को देखने वाले हैं। अब मीडिया और न्यूज चैनल पर सिर्फ जैन और शी हल्क चायी हुई थी क्योंकि वो ऑफिशियली एबोमिनेशन की वकील बन चुकी है इस वजह से लोग भी शी हल्क पर भड़के हुए हैं और इंटरनेट पर लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं जिसमें शी हल्क वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है वही हमें किट विलसल भी दिखता है जिसने सालों पहले एबोमिनेशन को उसकी तबाही मचाने के बाद जेल में डाला था और उनके हिसाब ऐसी एबोमिनेशन को जेल ऐसी बाहर नहीं आना चाहिए ये सारी खबर और शी हल्क को भी है की उनके बारे में मीडिया और इंटरनेट पर क्या खिचड़ी पक रही है और उनकी बातों से शी हल को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके देश का कानून हर किसी को एक दूसरा मौका देता है और ये दूसरा मौका अब एमर को मिल रहा था तभी हॉलवे कॉल करके शी शीहल को अपने केबिन में बुलाते हैं रास्ते में निकी शी हल को एक इंटरव्यू देने के लिए मना कर रही थी ताकि मीडिया में और अफवाहे न फैले और शी हल को लगता है की ये अफवाह इस केस के खत्म होने के बाद खुद खत्म हो जाएगी पर्णी जानती है की शी हल लोगो के दिलों में बस गई है इसलिए लोग आसानी ऐसी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हॉलवे की कैबिन में शीहर की मुलाकात डेनिस द गधे से होती है और ये गधा सुपर लॉ डिवीजन में वकील को ढूंढने आया है डेनिस चेन को देखते ही उसे उसका केस देने से मना कर देता है तभी वहां पर एक और खूबसूरत वकील मैलोरी बुक आती है डेनिस उसे भी अपने केस के लिए वकील नहीं चुनता क्योंकि उसे लगता है की उसकी सेटिंग मैलोरी के साथ हो सकती है पर जब उसके केस के बारे में मैलोरी को पता चलेगा तो उसका पोपट हो जाएगा इसलिए वो अपना केस पग दे देता है अब बात करे की आखिर ये गधा केस किस पर करने आया था और इसके क्या हुआ है वेल well, तो डेनिस अपनी गर्लफ्रेंड पर केस करना चाहता है क्योंकि इसने उसे एक लाख पचहत्तर हजार डॉलर का गिफ्ट दिया है और वो सुपर हीरो डिवीजन में इसलिए है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड लूना यूएस एसकार के रूप में बदलने वाली एल्ब है जो उससे मशहूर म्यूजिशियन मैगन दर्न का बेवकूफ बना रही थी और डेनिस इतना बड़ा बेवकूफ है की उसे ये लग रहा था की वो एक ऐसी म्यूजिशियन को डेट कर रहा है जिसने ग्रामीण अवार्ड को जीता है वो भी मल्टीपल टाइम ये सुनकर तो शी हर बहुत हंसती है और डेनिस का मजाक बनाती है डे सपना केस पक्को दे देता है तभी वहाँ पर अचानक ऐसी तो ट्रेनिंग के लिए उसे एक तगड़े बंदे की जरूरत थी इसलिए उसने ऐसा किया था तो शी हल्क ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा था की एमिल को इस बात की सजा न मिले पर जब जैन वोंग को उस वायरल वीडियो के बारे में बताती है तो वॉन्ग डर जाता है क्यूँकी उसे लग रहा था की शी हल्क उसे ये वीडियो सबके दिमाग से डिलीट करने के लिए बोल रही है स्पाइडरमैन मैन नोवे होम के सियापे के बाद तो वॉन्ग काफी सतर्क हो गया है आप चाहे तो हमारे स्पाइडरमैन मैन नोवे होम वाली वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं यादें ताजा हो जाएंगी जाने से पहले शी हल्क वोंग को गवाही के लिए आने को बोलती है क्यूँकी बिना उसकी गवाही के पैरल बोर्ड वाले एम को नहीं छोड़ेंगे वहीं पर पक भी डेनिस पूछताछ कर रहा था की उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कितने पैसे और क्या क्या दिया है तो बेचारा डेनिस उसे बताता है की उसने एक लाख के दिए हैं। जिसके बाद डेनिस वहाँ से चला जाता है और जब वक उसके केस पर काम कर रहा था तभी वहाँ पर दोबारा डेनिस आता है और बड़े ही अजीब तरीके से पक को समझाने लगता है कि वो अपना केस वापस लेना चाहता है क्योंकि तो उसे ये सब दिखावा लग रहा है पर तभी पक को डेनिस का कॉल आता है जो उसे बता रहा था की नो पार्किंग वाले उसकी गाड़ी उठा ले गए है पक समझ जाता है की उसके सामने एस की एल्फ लूना बैठी हुई है तो वो सिक्योरिटी वहाँ बुलाता उससे पहले वो एल्फ लूना वहाँ ऐसी भाग जाती है उधर डी जेल के बाहर न्यूज रिपोर्टर्स ने अपना डेहरा डाल दिया था क्यूँकी जेल के अंदर ही एमिल का ट्रायल होने वाला था अब वो शीहल का इंतजार कर रहे थे पर उनके सामने से ही जेन छुपते छुपाते निकल जाती है अब मीडिया में व्यूमर्स ये है कि शी शीहल को एवेंजर्स ने रिजेक्ट कर दिया है जेल के अंदर एमिल को पैरल जज के सामने पेश किया जाता है वहीं पर एमिल जेन को अपनी पेन वाले दोस्तों ऐसी उसे मिलवाता है और वो सारी लड़कियाँ थी जिनसे एमिल ने शादी कर ली थी वैसे ट्रायल शुरू होने वाला है पर अभी तक वॉन्ग जो मेन गवाह है वही नहीं आया है जज पे जानते हैं की एमिल जेल ऐसी कई बार भाग चुका है तो सीधा जेन से उस गवाह को पेश करने को बोलते हैं जिसने एमिल को यहाँ से भगाया था पर उन्हें थोड़ा और टाइम मिले इसलिए जेन जज के सामने एमिल को अपना कन्फेशन सुनाने को बोलती है जिसके बाद तो एमिल उन्हें बताने लगता है कि वो अपने तन मन और कर्म सब चीजों से बदल गया है और उसने जेल में हर पल अपने गुजारे है बाहर निकलने के बाद उसके पास एक प्लॉट है जहाँ पर वो मेडिटेशन सेंटर खोलेगा और उसके इस बिजनेस में मदद करेंगी उसकी पेन के दोस्त जिनसे उसने शादी कर ली है अब जेन जेल के काउंसलर को बुलाती है इसके अकॉर्डिंग एमिल ने जेल में और भी कैदियों की मदद की जिस वजह से जेल साफ सुथरा और शांत रहने लगा जेल के लाइब्रेरियन एमी के अनुसार एमिल की वजह से ही कैदी उसके लाइब्रेरी में आने लगे और जेल के गार्ड कोर के लिए तो एमिल उसका मसीहा ही था क्योंकि एमिल ने ही उसे उसकी बीवी के आतंक से आजादी दिलाई थी तो ये सब चेन टाइम पास के लिए कर रही थी पर एट द एंड जज उस पर प्रेशर डालने लगते है की वो उन्हें बताए की जेल में बंद एमिल बाहर कैसे निकला और एबोमिनेशन बनकर इस वीडियो में कैसे आया। अब जैन का पोपट होने ही वाला था कि वोंग अपने चक्री वाले जादुई गेट से लेट एंट्री मारता है और जज को कॉमेटे के बारे में बताने लगता है वैसे मैं आपको बता दूं कि कोमेटे में दो फाइटर्स वन वर्सेस वन लड़ते हैं। अब सीन कट होकर हमें डेनिस केस की के बारे में बताया जाता है जहां पर पब चेयर आरोप बैठे बैठे जज को समझा रहा है की उसके क्लाइंट को मिस लूना यानी उस एल्फ ने बेवकूफ बनाकर लूटा है और लूना के वकील के अनुसार लूना एस गार्ड की एल्फ डिप्लोमेट की बेटी है इसलिए उसके पास इम्यूनिटी है पर जज उन्हें देते हैं कि वो अभी न्यू एयर कार्ड में नहीं है तो उनकी दूसरी दलील ये थी कि डेनिस के ही कहने आरोप मैगन दिन बनकर डेनिस के साथ रोल प्ले करती थी जज भी लूना के वकील की शायरी था क्योंकि वो भी नहीं जानते थे कि डेनिस इतना बड़ा गधा हो सकता है कि उसे ये तक नहीं पता चला कि वो नकली मैगन दास को डेट कर रहा है पर जज पब को अगले ट्रायल में डेनिस को महा प्रूफ करने का मौका देते है जज के जाने के बाद लूना जज के भेज में इस केस को डिसमिस करने का फैसला सुनाती है पर पब उसे गार्ड ऐसी करवा देता है इधर डीओडीसी में वॉन्ग पैरल जज को सारी बातें बता रहा था कि वही एमिल को जेल से जबरदस्ती भगाकर ले गया था जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उसने एमिल को कामरताज चलने का भी ऑफर दिया था पर एमिल अपनी मर्जी से वापस जेल आया ताकि वो अपनी सजा को पूरा कर सके वॉन्ग की गवाही के बाद जैन वे जजिस को समझा रही थी की एमिल पूरे तरीके ऐसी बदल गया है इस बात को जज मान गए थे की एमिल सुधर गया है पर उन्हें डर था की जब एमिल एवोमिनेशन में बदलेगा तो वो फिर ऐसी लोगो को चोट पहुँचाएगा इस सवाल का जैन कोई जवाब दे उससे पहले एमिल अपने स्लाइडर्स निकाल कर सबके सामने एबोमिनेशन बनता है देखकर तो जेस की फट जाती है चेन भी कंफ्यूज थी कि बना बनाया काम ये एमिल कहीं बिगाड़ ना दे वहाँ पर गार्ड्स भी आ गए थे पर एबोमिनेशन सबको यकीन दिलाता है कि उसका कंट्रोल एबोमिनेशन पर भी है तो चैन सिचुएशन को कंट्रोल करके एबोमिनेशन को वापस एमिल में बदल देती है और जज को समझा देती है की अगर भाग न होता तो एमिल कब का भाग चुका होता पर उसने जेल में रहकर खुद पर कंट्रोल किया और वो जब उसने कंट्रोल करना सीख लिया है तो वो अब दोबारा समाज का हिस्सा बनना जज केस का फैसला सुनाने की बात करते हैं क्योंकि वो वॉन्ग को एक कैदी भगाने के जुर्म में उससे बात करने वाले थे पर वॉन्ग समझ जाता है कि वो फंसने वाला है और वो वहां से निकल लेता है बाहर निकलने पर न्यूज वाले अभी भी जेन के पीछे अपने अजीब से सवालों के साथ पड़े हुए थे रात में ड्रिंक करते हुए दिन की सारी घटना और न्यूज वालों के अजीब सवाल वो को बता रही थी पर के अनुसार सिर्फ एक इंटरव्यू सबका मुँह बंद कर देगी जैन अभी भी इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं थी तभी वहाँ आरोप पक आता है और अपना दुख उन दोनों को सुनाता है की डेनिस जैसा गधा और पकाऊ इंसान उसने आज तक नहीं देखा अब दोनों डेनिस की बेवकूफी के कारनामे पक को बताने लगती हैं। तो उनकी बातों को सुनकर पक समझ जाता है कि जैन ही ये प्रूव कर सकती है कि डेनिस सच में एक महाबेवकूफ इंसान है तो अगले दिन कोर्ट में जैन जज के सामने डेनिस के मुंह आरोप उसे बता रही थी की कि वो कितना बड़ा गधा और लूजर है जैन की बातों को सुनकर लूना और जज भी डेनिस के मजे लेते हैं पर चैन की गवाही ऐसी डेनिस को उसके एक डॉलर वापस मिल जाते हैं और लूना को जज के रूप में आने के लिए साठ दिन की सजा होती है वहीं पर हम रियल मैगन दास चैलन को भी देखते हैं जो इस केस का मजा ले रही थी बाहर निकलते वक्त जैन को एक आइडिया आता है कि वो जज से बात करके उन्हें समझाएगी कि एमल कभी भी एवोमिनेशन में नहीं बदलेगा और ऐसा हुआ तो उसे वापस जेन में बंद कर दिया जाएगा इसी के साथ जज एमल को सबूतों के आधार आरोप छोड़ने का फैसला करते हैं साथ ही में एमिल को हमेशा एनिवेट पहनना होगा और ये सभी शर्तें एमिल को भी मंजूर थी वही वो जैन को उसका केस लड़ने के लिए शुक्रिया भी बोलता है आगे हम जैन को न्यूज आरोप देखते हैं जहाँ उससे रिपोर्ट अब फालतू सवाल पूछता है जिससे ना तो शी शीह की इमेज सुधरती है ना ही जैन की फालतू के इंटरव्यू को खत्म करके जैन रात में अपने घर जा रही थी पर तभी उस पर कुछ नुपुरी लोग हमला कर देते हैं उनके हथियारों को देखकर हम और जैन समझ जाते हैं कि उन्होंने ये सब हथियार न्यू कार्ड ऐसी चुनाए है इस सिचुएशन में जैन भूल गयी थी की वो शी हल्क में बदल सकती है और ये बात याद आते ही वो शी हल्क में बदल उन सबको उठा उठा कर पटकती है उन्हीं में ऐसी एक बंदा उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करता है पर उस इंजेक्शन का निर्ड शी हर स्किन से टकराकर मोर जाता है शीहल्क से मार खाने के बाद वो वहाँ से भागने लगते हैं और हमें पता चलता है कि वो बंदे शीहल्क को लूटने नहीं उसे अपने बॉस के कहने पर किडनैप करने आए थे अब उनका बॉस कौन है और वो शीहल्क से क्या चाहता है ये तो हमें आगे के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा